एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे की से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए फिर वे बोले बेटे एक मनुष्य की कीमत आकना बहुत मुश्किल है वो तो अनमोल है बालक क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी हाँ बेटे बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं उसने फिर सवाल किया तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रोड लाने को कहा लाते ही पिताजी ने पूछा इसकी क्या कीमत होगी बालक लगभग तीन सौ रूपए पिताजी अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दू तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी बालक कुछ देर सोचकर बोला तब तो ये और महंगा बिकेगा लगभग एक हजार रूपए का पिताजी अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दू तो बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी पिताजी उसे समझाते हुए बोले ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है बालक